तो हुकेश प्रधान किसान भाइयों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धान के फसल में ज़्यादा कल्ले के लिए ज़्यादा उत्पादन के लिए कौन से झाइम का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों यहां पर हर साल हम अलग कंपनी के कीटनाशक और अलग अलग कंपनियों का झाइम का प्रयोग करते हैं और इस साल हमने हमारे इस प्लांट पर जीपी पी कंपनी की पोली भूमिधन का प्रयोग किए हैं और जिसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है किसान भाइयों यह देख सकते हैं हमारा जो धान का प्लांट है इसे आज रोपाई किए हुए 26 दिन मात्रा हो रहा है और इसका जो ग्रोथ है यह आप देख सकते हैं और इसमें जो कल्ले आए हैं यह भी आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है तो किसान भाइयों यह हमारा जो धान का प्लांट है इसे हमने तेईस जुलाई को रुपाई विधि से किए थे और दिनांक तेरह अगस्त को यानी कि इक्कीस दिन के बाद इसमें हमने खाद की पहली डोज डाले हैं तो किसान भाइयों इसमें हमने खाद की पहली डोज डालते समय इसमें दूसरे प्लांट की तरह इसमें हमने टाटा रैल्स कंपनी की जयगान्ड इंसेक्टिसाइड प्लस जीपी पी कंपनी की भूमिधन का प्रयोग किए हैं और जिसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है किसान भाइयों इसी के साथ हमने हमारे दूसरे प्लांट पर टाटा रैल्स की जयगान इंसेक्टीसाइड और दूसरे कंपनी की यहाँ पर झाइम का प्रयोग किए हैं जिसका रिजल्ट हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है लेकिन यहाँ पर हमने जो जीपी पी कंपनी की भूमि धन आता है इसका प्रयोग हमने किए हैं और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो किसान भाइयों यह देख सकते हैं हमारा जो धान का प्लांट है इसे रोपाई किए हुए मात्र छब्बीस दिन की हो रही है और इसका आप लोगों को अभी इसकी जो जड़ है और इसकी जो कल्ले हैं आप लोगों को दिखाने वाले हैं तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं इसे हमने तीन से चार पौधे यहाँ पर रोपाई किए थे और ये देख सकते हैं इसमें अभी कितनी सारे कलने आ चुके हैं तो इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है और दूसरे जो झाइम हम यूज़ करते हैं दूसरे झाइम के मुकाबले में यहाँ पर भूमि धन से हमने ज़्यादा यहाँ पर जड़ का फैलाव देखने को मिल रहा है और जो जड़ में निमी या जो रोग आता है उस रोग को यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो यह देख सकते हैं हमारे जो तीन से चार पौधे यहाँ पर रोपाई किए थे और इसमें अभी 12 से 15 कल्ले पूरे निकल चुके हैं तो किसान भाइयों जो जीपी पी कंपनी की भूमिधन आ है उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिला है और इसे हमने अभी जो खाद का प्रयोग किए हैं मात्र पाँच दिन हो रहा है और जो खाद का प्रयोग किए हैं ये आप देख सकते हैं अभी जो हमारे जो ज़मीन है इसमें अभी जो हमारे ज़मीन की जो पानी है वो बिल्कुल ब्लैक यानी कि काला हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छे से फुटाओ और जिसकी ग्रोथ है वह आना चालू हो गया है तो किसान भाइयों अब मैं आप लोगों को जीपी बायोफर्ट बायोफ की भूमिधन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ तो किसान भाइयों यह देख सकते हैं यह जीपी पी कंपनी की पोली भूमिधन है जो कि एक ऑर्गेनिक मैन्यर ग्रेन्यूल्स है और इसमें जो एडवांस फार्मुलेशन फॉर माइक्रो न्यूट्रिय है, मतलब कि इसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिय पाए जाते हैं और यह एक ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड पर आधारित एक झाइम है जो कि आप जो किसान भाई आप समझ सकते हैं ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होते हैं तो यह झाइम देख सकते हैं भूमिधन के नाम से आता है और यह जी पी कंपनी की है और यह हंड्रेड ऑर्गेनिक पदार्थ है और इसमें एमिनो एसिड और ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है वह सबसे अधिक पाया जाता है और इसका यह देख सकते हैं इसे आप धान के साथ साथ लगभग सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों पर गेहूँ मक्का चना इसी के साथ तिलहन दलहन सभी प्रकार के फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं तो किसान भाइयों इस साल हमने इसका प्रयोग पहली बार के हैं और इसका रिजल्ट हम भी इतना अच्छा नहीं आएगा बोल के पहले से इसका वीडियो नहीं बनाए थे लेकिन आज इसको छिड़काव करने के बाद पाँच दिन के बाद इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा देखने को मिल रहा है इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा है और ये 100 परसेंट ऑर्गेनिक है ये हमारे खेत में जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है इसमें केंचुए की मात्रा बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती है और जो पौधे की जो ग्रोथ है जड़ की विकास करती है और इसमें जो कल्ले की मात्रा है इसमें धान में कल्ले और जो फुटाओ ये बहुत ही अधिक मात्रा में लाते हैं तो किसान भाइयों आज के वीडियो में यही जानकारी बताने वाले थे कि हमने जो हमारे इस प्लांट को देख सकते हैं ये डेढ़ एकड़ का प्लांट है और इसमें तीनों में हमने भूमि धन का प्रयोग किए हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है ये देख सकते हैं जो ये पूरी तरह से अभी हरा भरा दिख रहा है और इसकी जो ग्रोथ है वो छब्बीस दिन की जो दिन की औसत है उससे कई ज़्यादा मतलब इसकी ग्रोथ है तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही यही जानकारी बताना था कि भूमि धन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं तो आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले समय पर हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए वीडियो लाने वाले हैं तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में